असला वरह वाजी ने मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बैर वाफियत होंगे और आपके घरों आप में खैरोत होगी और मेरी दुआ है कि आपको दोनों जहान की सलामती निक्र करेंगे अप्रैल फूल के बारे में कि आया अप्रैल फूल की हकीकत क्या है कि ये किस यादगार के तौर पर मनाया जाता है इसकी हिस्ट्री क्या है बेग में और दूसरी बात यह के अप्रैल फूल जो है उसको मनाना इस्लाम में कैसा है तो माजंदाजरीन का सबसे पहले हम अप्रैल फूल की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं आपको ये जानकर बहुत हैरत होगी कि अप्रैल फूल की एक हिस्ट्री मुसलमानों के साथ मिलती है और एक हिस्ट्री एक कैलेंडर के साथ जुड़ी हुई है तो हम जिक्र करेंगे अप्रैल फूल की उस हिस्ट्री को जो मुसलमानों के साथ जुड़ी है कि कहा जाता है कि स्पेन में जब मुसलमानों की हुकूमत का सूरज गुरू हुआ तो वहाँ पर मुसलमानों का कत्लेम किया गया डर से मुसलमान जो बाकी मादा थे वो छुप कर उनमें गुल मिलकर रहने लगे और अपनी शनाख्त को छुपा लिया लेकिन वहां के जो मकानी मुसलमानों के दुश्मन थे उन्हें शक था कि मुसलमान अब भी बाकी हैं तो चुनाच उन्होंने मुसलमानों को सरेआम लाने के लिए और कत्ल करने के लिए मंसूबा बनाया के ऐलाना करवा दिए कि जो जो मुसलमान यहाँ पर मौजूद हैं वो फलान साहिब पर एक अप्रैल वाले दिन आ जाए उन्हें मुसलमान मालिक को बेच दिया जाएगा मुसलमानों के इन धोखे और झूठ में आ गए और वो वहां पर साहिल पर जमा हो गए उन्हें कश्तियों में सवार किया गया और जब कश्तियां समंदर में दाखिल हुई तो उन्हें बारूद के जरिए उड़ा दिया गया अप्रैल फूल की एक हिस्ट्री जिसे गैर मुसलमानों के साथ मुसलमान भी मनाते रहते हैं और फिर उसके बाद ऐसा होने लगा के स्पेन में हर साल उस दिन अप्रैल फूल मनाया जाने लगा कि झूठ बोलते एक दूसरे से फिर करते करते स्पेन से निकल कर चीज पूरे गैर मुस्लिम ममालिक और फिर उसके बाद मुसलमान में दाखिल होगी तो ने ये तो थी अप्रैल फूल की हिस्ट्री जो मुसलमानों की कटलेआम के साथ और खून के साथ रंगी हुई है और दूसरी तरफ अप्रैल फूल ये है कि झूठ बोलकर किसी को धोखा देना और हकीकत में उसके खिलाफ होना तो इस्लाम में धोखा देना और झूठ बोलना दोनों कबीरा गुना है और झूठ कबीरा गुनाहों में से सहर फहरस्त थे झूठ के बारे में हमें अहादिशा मुबारक में बहुत ज्यादा मानियत और शनात इसकी मिलती है झूठ जो है उसके बारे में कुरान करी में अगर हम देखें तो अल्लाह ताला का इशारा देखे कि बेशक अल्लाह तानत है जूठे इंसानों पर तो जिस पर अल्लाह तानत हो या नहमद से दूर कर दिया गया हो उसके लिए क्या बुलाइया बाकी रह जाती है और फिर अब्दुल्ला की रवायत है मुस्लिम शरीक ने वाद फरमाते हैं कि नबीम ने इशाद फरमाया फूर नारेशक सच न और नन्नत ले जाने वाली है और बेशक झूठ गुनाह है ना फरमानी है और वह जहन्नम की तरफ ले जाने वाला है इस तरह अब्दुल्ला बिर रजी की रिवायत है शरीफ ने है, फरमाते हैं कि नबीम ने इर्शाद फरमाया कि जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो रहमत का फरिश्ता उससे एक मील की दूरी पर दूर हो जाता है उस बदबू की वजह से जो झूठ से उसके मुंह में पैदा होती है इस तरह बेहगी और मिश्त शरीफ में सफान बिन सलेम रजी तुम की रवायत है और फरमाते हैं कि नबी आम से पूछा गया कि या रसोल्ला क्या मोमिन <मुच्चियो> बुज़दिल हो सकता है तो नबी नबीम ने फरमाया कि हाँ हो सकता है फिर नबी साम से इर्शात फरमाया गया कि क्या मोमिन बखील हो सकता है तो नबी नबीम ने इर्षात तो फरमाया कि हाँ हो सकता है और फिर जब नबी साम से पूछा गया कि क्या मोमिन झूठा हो सकता है कैसा हो सकता है झूठ बोल सकता है तो नबी सामने फरमाया नहीं तो यानी जो मोमिन होगा वह झूठ नहीं बोलेगा और जो झूठ बोलेगा वो मोमिन नहीं होगा इस तरह हजरत रजीला की रिवायत है वो फरमाते हैं तुम की को तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक तुम मजाक में भी झूठ बोलना छोड़ ना दो तो झूठ इतना बड़ा गुनाह है इतना बड़ा गुनाह है कि इसे मजाक में बोलने से भी ईमान की हलावत नसीब नहीं होती चनाचा नबी झूठ से इस कदर परहेज करते थे कि मक्का और मदीना में नबीम सादिकमीन के नाम से मशहूर थे कभी अपने मुबारक में झूठ नहीं बोला जब नबीलाम से किसी एक शख्स ने दयाफ्त किया कि मैं बहुत गुनहगार हूँ बहुत गुनाह करता हूँ तो सबसे पहले मैं कौन सा गुनाह छोड़ दू तो नबीम ने फरमाया कि झूठ झूठ बोलना छोड़ दो फिर रवायत में आता है कि उस शख्स से झूठ छोड़ने की वजह से एक एक करके सारे गुनाह छूट गए और जो बोल के धोखा दिया जाता है, तो इसका इतना बड़ा गुनाह है कि मन की जिसने धोखा दिया वो हमें हम से है ही नहीं चुनाचा जो धोखा देता है तो वो मोमिनों की सख में से निकल जाता है फासकों और फाजरों के सफ में चले जाता है तो माजस नाचरी ने करा एक तरफ तो जो अप्रैल फूल है वो इस क़दर बयानक है मुसलमानों की हिस्ट्री के साथ कि जब पढ़ता है इंसान तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे मुसलमानों का नक कत्म किया गया दूसरी तरफ अप्रैल फूल जूठ और दो पर मगनी है जो कि इस्लाम में कबाल हैं कबीरा गुना है कि अगर तोबा कबूल तो हुई या ना हुई तो लिहाजा खुद भी इस अप्रैल फूल के एजेंडे से बचिए इस फितने से बचिए और अपने अजीज अकार को भी इससे बचाइए और इन मालूम को तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे मुसलमान में तो खेर ख्वाही का नाम है किसकी खैर ख्वाही का हर मुसलमान का, का दूसरे मुसलमान के लिए खैर ख्वाही का नाम है इसके साथ में अपनी वीडियो का अख्ताम करती हूँ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अल्लम वरहत ला वर्कू